है hey गैस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा एनादारा अनबॉक्सिंग वीडियो में तो गैस आप लोग यहां पे देख सकते हैं लैपबुक कूलर यह है लैपटॉप का कूलिंग पैड और यहां पर रखकर लैपटॉप चलाना इजी होता है और गैस यहां पे पीछे की तरफ आप लोग प्राइस देख सकते हैं एट हंड्रेड रुपीज़ यानी कि ये मुझे एट नहीं पड़ा इसका प्राइस फाइव में मैंने बाई किया है ये और गैस इसका चलिए मैं इसे खोल आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका क्वालिटी वगैरह ठीक है और कैसे लैपटॉप में यूज़ होता है चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये डाटा केबल और ये कूलिंग पे डी है ये और गैस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसे अटैच करना होता है ये लैपटॉप के लिए और ये दोनों तरफ अटैच कर दे रहा हूँ अटैच हो गया दोनों तरफ अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बिल्कुल मस्त है और ये डाटा केबल गैस डाटा केबल को साइड में लगाना पड़ता है यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग अटैच कर सकते हैं फर्स्ट में लग, लगाने से और उच्चा होगा सेकंड में लगाने से थोड़ा नीचे होगा और लास्ट में लगाने पूरा नीचे होगा तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप लोग किसी भी तरह लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लैपटॉप जितना ऊँचा करने से भी नहीं गिरे क्योंकि यहाँ पर जो ये छोटा छोटा स्टैंड लगा हुआ है दो तो उसकी वजह से स्लिप नहीं होगा लैपटॉप तो ईजिली तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते और जो पंखा दिया गया है ये पंखा सिंपल सा ये डाटा केवल जो दो पोर्ट दिया गया एक पोर्ट में एक पोर्ट रिजर्व चार्जिंग होता है और एक पोर्ट में क्या होता है मतलब डायरेक्ट कनेक्शन लगाने से वो लैपटॉप में लगाना पड़ता है वो पोर्ट ठीक है तो ये पंखा अब ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा और कूलिंग करेगा लैपटॉप को और यहाँ पर हल्का कलर भी जलता है अब ब्लू कलर का और देखने में यूनिक लगता है देखिए जल रहा है तो चलिए मैंने लैपटॉप में कनेक्शन किया हुआ है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ठीक है किस तरह से ये पंखा चलता है तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने लैपटॉप में कनेक्ट किया है चल रहा है अभी निकाल दिया सो लाइट भी बंद हो गया तो फिर से अटैच करूँगा फिर से पंखा चलेगा तो इसी तरह से ये काम करता है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अगर ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें